हेलो दोस्तों वेलकम टू माय ब्लॉग यार आप हाँ लोग हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो बहुत थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आप लोगों को आप लोग हमें थोड़ा सा और सपोर्ट करो थोड़ा सा यार हमें सब्सक्राइब चाहिए आपको पता ही है यूट्यूब के लिए फर्स्ट टाइम वन के सब्सक्राइबर चाहिए तो हमें वो एक वान के सब्सक्राइबर कर, करने में आपकी मदद चाहिए प्लीज़ हो सके तो थोड़ा सा हमें मदद कर दो तो क्या आप लोग यार बहुत सारे लोगों को करते हो हमारा वीडियो काफ़ी दिन का हम डाल रहे हैं पर आप लोग का अभी तक किए नहीं प्लीज आप से प्लीज़ आप आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल पर प्लीज और सब्सक्राइब कर दो